जैस के संरक्षण और मनावर से विधायक हीरा लाल हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे सर 2023 की तैयारियां शुरू हो गई हैं देखिए तैयारियां तो हो ही गई है वो तो कब से हो गई तैयारियां शुरू आज जो कार्यक्रम रखा गया था इसमें आदिवासी भाइयों को जोड़ने की बात कर रहे थे आप सरकार भी वही कर रही है आप भी वही कर रहे हैं आदिवासी भाइयों के साथ साथ जयस में हम लोग पिछड़ी जातियों की कई जो समुदाय उनको जोड़ रहे हैं हम लोग अनुसूचित जाति को जोड़ रहे हैं हम लोग सामान्य वर्ग के भी गरीबों को जोड़ रहे हैं हम लोग जो अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के सभी पीड़ित लोगों को जोड़ रहे हैं और इस प्रदेश और देश के की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मिशन 2023 के तहत युवा नेतृत्व के लिए तैयारी कर रहे हैं कई बार देखा गया है कि जैश जो पार्टी है वो बीजेपी और कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ती है अक्सर देखा गया है कि कांग्रेस के साथ ही जाती है पर बीजेपी और दूसरी पार्टियों का समीकरण बिगड़ता है नहीं हम लोग बिगाड़ते नहीं उनके समीकरण हमारे कारण बिगड़ जाते हैं अब वो उनका मैटर है लेकिन हम लोग हमारे प्रयास करते हैं हम अपनी लाइन खींच रहे हैं हम लोग युवा नेतृत्व के लिए नए युवाओं को मौका देने के लिए युवा मिशन युवा नेतृत्व हम चला रहे हैं अब इससे किसके समीकरण बनेंगे बिगड़ेंगे वो वो जाने हम लोग हमारा काम कर रहे हैं 2023 में जेस पार्टी किसका समर्थन करेगी हम लोगों ने हम लोग देखिए हम लोग का मकसद आ, विधायक बनना सांसद बनना या मुख्यमंत्री बनाना नहीं हमारा मकसद इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना हमारा मकसद इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े वर्ग के लोगों को संविधानिक प्रावधानों का लाभ दिलाना हमारा देश का ये हमारा मकसद इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान को ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट कराना अब निश्चित ही आने वाले समय में वक्त तय करेगा क्या होगा कैसे होगा किसकी सरकार बनेगी कौन किसका समर्थन करेगा ये तो वक्त तय करेगा हम कौन होते हम तो अपनी कोशिशें कर रहे हैं बीजेपी सरकार कहती है जल जंगल जमीन जो है वो आदिवासियों की है आदिवासियों को दे रहे हैं पैसा कानून भी लाया गया उसका बोलते हैं लाभ मिलेगा आप बोलते हैं ये सब दिखावा है जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार सिर्फ भाषणों में आश्वासन दे रही है जबकि ग्राउंड स्थिति बहुत अलग है आज विभिन्न अभ्यारण्यों के नाम पे, टाइगर रिजर्व के नाम पे, मेना संरक्षण केंद्र के नाम पे आदिवासियों को आदिवासी गांवों को जंगलों से विस्थापित किया जा रहा है बड़े पैमाने पर प्रदेश में आज आदिवासियों को सामुदायिक वन अधिकार कानून सामुदायिक वन अधिकार कानून के तहत वन अधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन अधिकार आज तक अभी तक 2006 के बाद अभी तक नहीं मिले हैं आज आदिवासियों को जंगलों से खदेड़ा जा रहा है उनको भगाया जा रहा है हाँ, बांधोगा टाइगर रिजर्व में भी अभी आदिवासियों को जंगल से हटाया गया है वहाँ रिजर्व का एरिया क्षेत्रफल बढ़ाया गया है बिल्कुल पूरे उस... प्रदेश में जहाँ पे भी आदिवासी रह रहे हैं उनको जंगलों से जो जंगल क्षेत्र के आदिवासियों को भगाया जा रहा है उन्हें अवैध अतिक्रणकारी बोला जा रहा है लेकिन दुख का भी मुआवजा दे रहे हैं उसके लिए बोल रहे हैं दस रुपये पंद्रह ये चाहिए आज आदिवासियों की पहचान उसकी ज़मीन से आज उस जमीन से उसको भगा दोगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा बात मुआवजे की नहीं है जो आदिवासी कई पीढ़ी दर पीढ़ी जिस जंगल पे, जिस ज़मीन की रक्षा करते आए हैं, आज उनको उन जमीन और जंगल उनसे छीना जा रहा है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सत्ताएँ उनको उनका अधिकार देने के बजाय उनको जंगलों से भगा रही है अच्छा दो में चुनाव होंगे जेएस भी अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेगी ये समर्थन के साथ। स्वतंत्र रूप से अभी तैयारी कर रहा है और निश्चित ही मध्य प्रदेश राजनीति में कुछ नया करेंगे नया होगा युवाओं को नए युवाओं को मौका देंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र पहचान करेंगे जयस की पहचान निमाड़ क्षेत्रों में ज्यादा अच्छी है, धार से आप, से आप कराते है। आ, कितनी सीटों पर जयस चुनाव लड़ेगी और क्या है दूसरे जयश की पहचान मध्य प्रदेश, प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी है जयस भारी संख्या में युवाओं को पढ़े लिखे युवाओं को हम लोगों ने सामाजिक जन के साथ साथ राजनीतिक जन उनमें जगाने में हम लोग कामयाब हुए हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हम लोग मिशन दो में काम कर रहे हैं और हम प्रदेश के लगभग 80 विधानसभा सीटों को चिन्हित करके वहाँ पर जो सैंतालीस आरक्षित सीटें हैं और 30 से 35 सीटें जहाँ पर पचास हज़ार से अस्सी हज़ार आदिवासी वोटर्स हैं उन लोग उन सीटों को चिन्हित करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं अच्छा, आम आदमी पार्टी एक नया विकल्प के तौर पर आ रही है गुजरात में देखिए तो बारह के करीब उनको वोट मिले पंजाब ने चुनाव जीत कर उन्हें सरकार भी बना ली अच्छी खास वोटों से एम का चुनाव दिल्ली में उसमें आप आम आदमी पार्टी के साथ संगठन कर सकते हैं देखिए हमारी जो जयस की जो लड़ाई है ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव के लिए युवा नेतृत्व नया नेतृत्व देने की लड़ाई है और आम आदमी पार्टी का अपना एजेंडा जयस का अपना एजेंडा है हम लोग अपने अधिकारों के लिए अपनी पहचान के लिए संविधान में मिले संविधानिक प्रावधानों के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग स्वतंत्र रूप से तैयारी कर रहे हैं जैश का आखिरी वो सवाल है कि जैस दो में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस तरह चुनाव देखती हूँ जयस ने जो समाज जोड़ो अभियान का जो नया नारा दिया है हमने आज के इस कार्यक्रम में दस से ज़्यादा सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि शामिल हुए हैं आज ये पखवाड़ा हमारा लगातार चलते रहेगा और समाज जुड़ते जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे लेकिन अभी फिलहाल में हमने अस्सी विधानसभा सीटों को चिन्हित करके तैयारी सुन जयश को सवर्णों का वोट भी चाहिए कि नहीं चाहिए जयस को सबका वोट चाहिए हम तो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम सभी धर्म सभी जाति सभी समुदाय के लोगों को हम साथ में लेके हम अगर स्वर्ण लोग पीड़ित हैं तो हम उनके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं हम सबके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है तो ये थे हमारे साथ हीरालाल लाल जी जो विधायक भी हैं और जैश पार्टी के संरक्षक भी हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि हम सभी समाज को सभी पीड़ित वर्ग को साथ लेकर चलेंगे दो में जैस पार्टी स्वतंत्र चुनाव लड़ेगी अस्सी विधानसभा सीटों में ये अपने प्रत्याशी उतारेंगे फिलहाल देखना ये होगा कि